हेलो दोस्तों नमस्कार आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश टेक्निकल में आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर को छिपाते कैसे यानी जब आप चैनल बनाते हैं उसमें वीडियो अपलोड करते हैं तो जिस भी व्यक्ति यानी यूजर को आपका वीडियो पसंद आता है वो आपकी वीडियो को लाइक करता है शेयर करता है उसके साथ साथ उस पर कमेंट करता है और आपके चैनल को वो सब्सक्राइब करता है तो दोस्तों जब हम न्यू चैनल बनाते हैं तो हमारे जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते हैं यानी जब हमारा चैनल बड़ा हो जाता है यानी पुराना हो जाता है तो उस पर सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा हो जाता है यानी जब आपका चैनल पुराना हो जाएगा या आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं और आपका जो है वीडियो पसंद करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अब आप अपना जो है सब्सक्राइब उसको हाइट कर लीजिएगा ताकि यूजर आपका जो है सब्सक्राइबर देख ना पाए कि इसमें कम सब्सक्राइबर हैं या भी ज़्यादा हैं कब होंगे तो आपका वीडियो कितना भी अच्छा होगा तो उसको सब लोग जो है लाइक नहीं करते हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे जब आपका चैनल पुराना हो जाएगा यानी उस पर जब आप वीडियो अपलोड कोई भी करते हैं तो उस पर अधिक अधिक संख्या में यूजर आपके जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं यदि आप अपना सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की सहायता से अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं यदि आप न्यू चैनल बनाए हैं तो आपको ये काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप आएंगे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन पर यानी आप प्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके बाद में आपके सामने पेज खोल के आएगा जिसके सर्च बॉक्स में आपको जाना है यानी सर्च बॉक्स आपका ये जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दिखा, ये आपका सर्च बॉक्स है या फिर आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं यानी जो आपका ये ये इधर दिखाई दे रहा है आप यहाँ भी वो टाइप कर सकते हैं youtube.com, यानी आप उसमें youtube टाइप करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं YouTube, उसके बाद उसको सर्च करवाते हैं जैसे ही आप सर्च करवाएंगे कल आपके सामने एक इंटरफेस खुल गया आएगा आप यहाँ YouTube पे टच करेंगे उसके बाद में जो आपका चैनल एक्टिव होगा आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में उसका पेज स्क्रीन खुल गया आएगा और आपको जाना है यहाँ पर जो आपका ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके चैनल का जो है लोबो उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे देखिएगा आपके सामने एक लिस्ट खुल गया है जहां से आपको जाना है ये आपका जो यू स्टूडियो इस है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने चैनल डैशबोर्ड का एक पूरा विंडो खुल जाएगा जहां से आपको इस दाहिने साइड पर जाना है ये जो आपका सेटिंग्स से दिया गया है इसको आपको सेलेक्ट करना होगा जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हैं फिर से एक सेटिंग का पेज खुल गया है जहां पे आपको चैनल ले लेना होगा चैनल को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे फिर से एक बॉक्स खुलेगा जहाँ से आपको एडवांस सेटिंग में जाना है जय एडवांस सेटिंग पे आप टच करेंगे उसके बाद में इस पेज को आप थोड़ा स्क्रॉल करिएगा यानी पेज को आप थोड़ा सा ऊपर खिसकाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माय चैनल यानी स्पिड टिक लगा है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर दिखाई देंगे तो जैसे ही आप इसको अनटिक करेंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे फिर से आप जाएंगे अपने YouTube चैनल के आइकन पर इस पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे योर चैनल पे, इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक विंडो फिर से खुल गया आएगा और उसमें आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उसकी जो है वो दिखेगा उसमें लिस्ट आ जाएगी जब आप इसको अनटिक करेंगे ये जो आपका लिखा है सब्सक्राइबर काउंट का इस पे जब आप टिक हटा देंगे तो जो आपका है सब्सक्राइबर वहाँ पे नहीं दिखेगा और जब आपका टिक इस पे लगा रहेगा तो आपका जो है सब्सक्राइबर कितने हैं आपके चैनल पे वो दिखाई देगा तो यहाँ से आपको दिखाते हैं सबसे पहले चल के कि ये जो हमारा नया चैनल है इस पे कितने सब्सक्राइबर हैं दूसरा चैनल है इस पर चलिए आपको दिखाते हैं पहले हम सब अप्रोच करते हैं और आप यहाँ से दूसरा टाइप ओपन करते हैं फिर इसमें यूट्यूब टाइप करते हैं और ये फिर से यूट्यूब खुलेगा अभी हमारे पास ये दूसरा टैप ओपन किए हैं ये आपका जो आपको दिखाना है कि सब्सक्राइबर्स पे छिपे हैं या फिर नहीं छिपे हैं तो यहाँ पे आपको जो है अपने चैनल के लोगों पे दाने साइड पे आ जाना है और यहाँ से आपको एक लिस्ट खुलेगा जहाँ से आपको ये और चैनल पे टच करना है जैसे आप टच करेंगे तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखेगा इसमें दिया गया है कि 73 सब्सक्राइबर यानी इस पर तिहत्तर सब्सक्राइबर हैं यही आपको छिपाने के लिए आपको हमने ये वीडियो बनाया है तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से अपने पेज पे और यहाँ पर आएँगे सेटिंग आएँगे एक बार फिर से आपको बताते हैं चैनल पे जाएंगे फिर आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग पर जाएँगे और इसको पेज थोड़ा इस्क्र करिएगा ऊपर करिएगा और यहाँ से जो सब्सक्राइबर काउंट है इसको अंट्रिक करके और यहाँ पर आप सेव कर देंगे जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा सेटिंग आपकी सेव हो गई है और फिर से आप अपने दूसरे टाइप पे जाके यूट्यूब को फिर से ओपन करेंगे और जब ये खुल के आएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो हम आपको अभी दिखा रहे सब्सक्राइबर यहाँ पे 73 थे अब यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइबर जो है वो आपका हाइट हो गया है तो फ्रेंड ऐसे ही आप अपने चैनल का जो है सब्सक्राइबर हाइट कर सकते हैं यदि आप नया चैनल बनाया है तो आपको ये काम करना बेहद ज़रूरी है तो फ्रेंड यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद